बघेरी रे हे बगे भे लता हे मारो मोरे हे राजा भगे ना पाव

बगरी वेल

देखो अरे अपने खंड में क्या हा अपने बुनदेल खंड में ए भाग सबई के हैं खोले आहे खोले ओ घर घर बेराजे राजे बम भोले

आये के पवाइ की सम्रो मई जा कले ही, ए पवाइ की सम्रो मई जा कले ही।

और पुगा की और की जय हो होर वाली

हो गौ हल्ला में होगा हो गाय आकाश घर जनमोल हल्ला

आकाश घर जो लल्ला

लना असली असली मजा असली मजा तो मैं है रहे बात के काम से अपनी लगन लागी है राम से तन बूढ़ो हो मन थोड़ी हो लेकिन अपन अब उतना नहीं चल रहे इतना धीरे धीरे डोज दे

के लललना जोग जुग जिये तुमारो केल ना जोग जुग जिये तुम्हारो ये जाई बिना हमारी

चल तो हे जी में भजाया जावे